कहानी की शुरुआत होती है सन उन्नीस से जहाँ न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रैंक वोल्टर है फ्रैंक का दिमाग बहुत ही इनोवेटिव होता है उसने एक जैकटैग बनाया वो उस जेट पैक को लेकर डेविड मिक्स के पास जाता है डेविड उससे पूछता है क्या तुम्हारा जेट पैक काम करता है फ्रैंक कहता है है मेरा जेट पैक काम तो करता है लेकिन सही से नहीं यहाँ पर एक लड़की भी होती है जिसका नाम एथीना है, वो काम से प्रभावित होती है। लेकिन डेविड उसके काम को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देता है फ्रेंक बाहर जब उदास बैठा होता है तो उसके पास एथीना आती है वो उसे एक लेपल पेन देती है और कहती है कि तुम मेरे पीछे पीछे आना फ्रेंक उससे पूछता है की तुम कौन हो कहती है कि मैं भविष्य हूं इसके बाद फ्रैंक उसके पीछे एक बोर्ड से जाता है और जब उसकी बोट एक टनल के अंदर जाती है तो वहाँ पर एक लेजर लाइट फ्रैंक के लेपर पिन को जो उसे ने दी थी, उसे स्कैन करती है। इसके बाद एक गेट खुलता है जिससे उसकी बोट नीचे जाती है और एक अजीब से कमरे के सामने रुक जाती है और जब वो उस कमरे के अंदर जाता है तो उसे पता चलता है की ये कमरा नहीं बल्कि एक लिफ्ट है वो उसे नीचे ले जाती है फ्रेंक यहाँ से बाहर निकलता है तभी यहाँ पर दो रोबोट आते है जो फ्रेंक को स्कैन करते है वो फ्रेंक के चेक टैग को भी देखते है और उसके जेट पैग में जो भी कमियां होती है रोबोट पूरी तरह से उसे ठीक कर देता है तभी यहाँ पर फ्रैंक को दो लोग देख लेते हैं फ्रैंक उनसे डरकर नीचे गिर जाता है और जब वो लगातार जमीन की तरफ गिर रहा होता है तभी वो अपने जेट पैग को पकड़ लेता है जिसे स्टार्ट करके वो जमीन पर गिरने से बच जाता है इसके बाद फ्रेंक एथीना के पास जाता है एथीना उसे बता दिए की इस जगह का नाम है टूमो लैंड अब इस बात को कई साल बीत जाते हैं फ्रेंक टूमोरोलैंड में रहते रहते अब बूढ़ा हो चुका है और ये वक्त होता है सन 2015 का जहां अर्थ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम केसी है केसी के खराबी ले आती है क्यूँकी उसके पिता नासा में इंजीनियर है और अगर ये लॉन्च हो गया तो उसके पिता की जॉब छूट जाएगी एक बार केसी जब नासा के लॉन्च प्रोग्राम में खराबी कर रही होती है तो उसे पकड़ लिया जाता है पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है अगले दिन जब उसे छोड़ा जाता है तो उसके सामान में एक लेपल पिन भी होती है ये लेपल पिन ठीक वैसे होती है जैसे आज से कई साल पहले सन उन्नीस में फ्रैंक को मिली थी जैसे कैसी उस पिन को हाथ लगाती है तो वो टूम पहुंच जाती है ये दुनिया देखकर वो पूरी तरह से चौंक जाती है यहाँ पर सब कुछ बहुत आधुनिक होता है इस दुनिया में कैसे सबको देख सकती है लेकिन कैसी को कोई भी नहीं देख सकता और तभी उसके पिन में रिवर्स काउंटिंग होना शुरू हो जाती है यानी कि उसकी पिन की जो बैटरी है वो डाउन हो रही है और जैसे ही पिन की बैटरी खत्म होती है वो वापस अपनी दुनिया में आ जाती है कैसी पूरी तरह से हैरान होती है कि उसके साथ ही क्या हुआ इंटरनेट पर पिन को सर्च करना शुरू करते हैं और इंटरनेट पर इन्हें वैसा ही पिन दिख जाता है जिस पर एक एड्रेस होता है और कैसी उस एड्रेस पर पहुंच जाती है ये एक शॉप होती है और जब किसी शॉप के ओनर को पिन दिखाती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है कैसी से पूछते जवाब नहीं दे तो वो दोनों के ऊपर दोनों के हमला करते थे और इससे पहले की वो केसी को मारते यहाँ पर एथीना आ जाती है वो केसी को बचाने के लिए शॉप के ओनर से लड़ती है और लड़ाई के दौरान वो एक की गर्द उखाड़ देती है और यहाँ में पता चलता है की शॉप की जो ओनर थी वो रोबोट से और जैसे केसी और एथिना शॉप से बाहर निकलते यहाँ पर एक रोबोट अपने आप को ब्लास्ट कर देता है एथिना यहाँ से कार चुराती ले है लेकर निकल जाती है एथिना वही है जिसने सन 1964 में फ्रैंक को पिन दिया था आज भी वो उतनी है क्योंकि एथिना इंसान नहीं है वो भी एक रोबोट है एथीना केसी से कहती है की मैं भी एक रोबोट हूँ जो पिन तुम्हें तुम्हारे सामान के साथ मिला वो मैं रखा था वो मेरा आखिरी पिन था और तुम्हारो लैन कोई भ्रम नहीं बल्कि वो एक सच्चाई है मेरा काम है पृथ्वी से ऐसे लोगों को टुमोरो लैंड लेकर जाना जिनके अंदर टैलेंट है जो कुछ करना चाहते हैं ताकि वो टुमारो लैंड जाकर नई नई चीजें बनाएं नए नए अविष्कार करें और तुम्हे भी टुमोरो लैंड के लिए चुना गया है अगले सुबह अथीना किसी को फ्रैंक के घर के बाहर छोड़ चली जाती है और जब केसी फ्रेंक के घर जाती है और उसे पिन दिखाती है जिसे छूने के बाद वो टुमरो पहुंच गई थी तो फ्रैंक बाहर आता है और उसे कहता है कि तुम अपने घर वापस चले जाओ पर केैंड जाना चाहती है इसीलिए रहती है रात को फ्रेंक अपनी स्क्रीन पर देखता है कि उसके की उसके घर की तरफ एक चलता हुआ बुल्डोजर आ रहा है वो भागता हुआ बाहर जाता है और एक एडवांस मशीन के साथ वो उस पूरे बुल्डोजर को वही पर जमा देता है तभी केसी उसके घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर फ्रैंक उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है पर केूंगी देखती है, के है, तो है। के के साथ ही यहाँ पर सात दिनों का एक रिवर्स काउंट भी चल रहा होता है यानी की सात दिनों में धरती खत्म होने वाली है तभी फ्रेंक अंदर आ जाता है और वो किसी को यहाँ से जाने के लिए कहता है केसी उसे कहते मुझे बता कि यहाँ पर चल क्या रहा है और तुमने ऐसा क्या किया था जिससे कि जिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और उसके विश्वास न करने की वजह से स्क्रीन पर जितनी भी धरती पर तबाही चल रही होती है वो सबकी सब कम हो जाती है और अब यहाँ पर रोबोट्स की एक टीम केसी को मारने के लिए आ जाती है लेकिन फ्रैंक केसी को उन खतरनाक रोबोट से बचाता है इसके बाद वो उसे अपने साथ एक बार में बिठाता है और तभी यहाँ पर एक रोबोट उनके ऊपर हमला कर देता है इससे पहले कि वो इन दोनों को मारता बात हवा में तो की गोली की तरह उड़ जाता है पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है और इनका बाढ़ टब पासी में एक झील पर जाकर गिरता है दरअसल तो फ्रेंक ने इसकी तैयारी पहले से कर रखी थी अब यहाँ पर एथीना भी आ जाती है जिसे देखकर फ्रैंक बिल्कुल खुश नहीं होता क्योंकि फ्रैंक और एथीना बचपन में जब दोस्त थे तो एथीना ने उससे अपने रोबोट होने की सच्चाई छुपाई थी। पर फ्रक को अब इन दोनों के साथ जाना पड़ता है गाड़ी में इन दोनों के बीच में बहुत आर्गुमेंट्स भी होते हैं फ्रैंक उससे कहता है कि कैसे दिया? जबकि टूम में सारे पिंस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था एथीना कहते कि मैं भाग गई थी और जो पिन मैंने केसी को दिया था वो आखिरी पिन था और एक यही कारण होता है की टुमोरोसी को और एथीना दोनों को मारना चाहते है अब ये तीनों के तीनों एक जगह जाते हैं जहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस होता है इस डिवाइस ऐसी इंसान एक जगह ऐसी दूसरी जगह जा सकता है फ्रेंक यहाँ पर एथीना से पूछता है कि केली को क्यों चला गया वो बताती पर पर है कि बताते हैं टॉप में पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये एक सीक्रेट रूम के अंदर जाते हैं जिस रूम में कुछ आई जिसने आईफिल टावर बनाया था साथ ही जूल्स वन निकोला टेस्टला और थॉमस एडिसन की होती है। फ्रेंक एसी को बताता है कि इन सब ने मिलकर एक फ्यूचर सोसाइटी बनाई थी ताकि वैज्ञानिक वहाँ बिना रोक टोक के अविष्कार कर सके इस जगह का नाम रखा गया टूमोरोलैंड जो कि एक दूसरे डायमेंशन में है और आईफिल टावर लोगों के घूमने के लिए देखने के लिए नहीं बनाया गया बल्कि ये एक एंटीना है यहाँ से हम टूमैंड सकते है और थॉमस एंडिसन ने इसलिए बनाया था ताकि इमरजेंसी में वो यहाँ से टूम जा सके पर उन्हें कभी भी इसकी जरुरत नहीं पड़े और अब फ्रेंक यहाँ पर मशीन को स्टार्ट करता है और मशीन के स्टार्ट करते जमीन के नीचे से एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट निकलता आइफिल टावर दो हिस्सों में बढ़ जाता है पूरी दुनिया ये यहाँ से दूसरे डायमेंशन यानी की टुमरोलैंड पहुँच जाते हैं जहाँ पर टुमोरोलैंड का गवर्नर अपने आदमियों के साथ इन तीनों के पास आता है जिसका नाम डेविड है डेविड इन तीनों को धरती पर वापस भेजना चाहता है पर फ्रेंक उसे बताता है कि धरती पर मैं तुम्हारी उस मशीन की जिस मशीन से तुम भविष्य देख सकते हो जिससे मुझे धरती का आने वाला भविष्य दिख रहा था लेकिन जब मैंने ये बात किसी को बताई तो उसने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया और जब उसने विश्वास नहीं किया तो वहाँ पर धरती की कंडीशन पहले से बेहतर हो गई यानी की वहाँ पर तबाही दिखना कम हो गई थी टीविट उसकी बात पर विश्वास नहीं करता फ्रेंक उसे कहता है की तुम खुद अपनी आंखों से सब कुछ देख सकते हो यहाँ पर किसी को कुछ भी समझ नहीं आता वो फ्रेंक ऐसी पूछते की मुझे क्या करना होगा फ्रेंक उसे कहता है कि कुछ नहीं बस तुम जैसी हो वैसी रहना इसके बाद ये उस मशीन के पास पहुँच जाते हैं जिससे पास्ट और फ्यूचर देखा जा सकता है ये मशीन फ्रेंक ने उस वक्त बनाई थी जब वो लैंड में था और अब ये उस मशीन को स्टार्ट करते है किसी का माइंड बहुत तेज होता है इसीलिए आसानी से वो इस मशीन को ऑपरेट करना शुरू कर देती है और इन्हें धरती का आने वाला कल दिखना शुरू हो जाता है किसी अपने घर को भी देखती है जो पूरी तरह से तबाह हो चुका है ये सारी तस्वीरें आज साठ दिन बात की है जब धरती पूरी तरह से खत्म हो जाएगी किसी इस बात पर विश्वास नहीं करती वो कहती की ऐसा नहीं हो सकता और जैसी वो ऐसा बोलती है पृथ्वी के भविष्य में जहाँ पर इन्हें सिर्फ तबाही दिख रही थी वहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है हालांकि डेविड इसे देख लेता है लेकिन वो इनकी बातों पर विश्वास नहीं करता इसीलिए वो इन तीनों को जेल में बंद कर देता है और केसी को एक बात समझ में आ जाती है की फ्रेंक ने यहाँ पर पास्ट और फ्यूचर देखने की जो मशीन बनाई है उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा है और इसी ऊर्जा को वो धरती पर भेजते हैं और एक ये कारण होता है कि फ्रैंक धरती पर बड़ी आसानी से अपने मॉनिटर पर वो सब कुछ देख सकता है जो डेविड टूमोर में देख रहा होता है बस ये सब कुछ देखने के लिए सही फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है और इस मशीन के जरिए जितनी भी पिक्चर्स आ रही होती है वो सब भविष्य की तबाही की होती है और सबको यकीन है की भविष्य अब खत्म होने वाला है और ये सिग्नल धरती पर जा रही होती है इसीलिए धरती पर इंसानों को ये तो पता है की बहुत जल्दी धरती खत्म होने वाली है लेकिन वो ये भी मान चुकी है कि वो इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सब कुछ पहले से तय है धरती को बचाने के लिए ना कुछ कर रहे होते और ना ही हैं कि अगर हम इस मशीन को यहाँ पर बंद कर दें, तो जो नेगेटिव मैसेजेस से धरती पर जा रहे हैं वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, और इसके बाद इंसान पॉजिटिव दिशा में सोचना शुरू कर देगा कोई सारी बातें डेविड को बताते हैं, लेकिन डेविड उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता वो कहता है की इंसान खुद ही मरना चाहते है हर रोज मौसम बड़ी तेजी से बदल रहा है ग्लेशियर्स बिगड़ रहे हैं लेकिन इंसान इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा हमें इस मशीन के जरिए उनके दिमाग में ऐसी इमेजेस भेजी जिससे उन्हें पता चल सके कि धरती तबाह रही है पर वो कुछ करने की बजाय ये मान गए कि उनका अंत निश्चित है। यहाँ पर किसी की के बात बिल्कुल सही होती है धरती पर वो लोग जो धरती को बचाने के लिए पर्यावरण के लिए कुछ कर सकते हैं इस मशीन के मैसेज की वजह से उनके दिमाग में पहले से फील हो चुका है की धरती का अंत निश्चित है इसीलिए कुछ नहीं कर रहे होते भेज रहा होता है वो फ्रेंक को अलविदा कहने के लिए उससे हाथ मिलाता है फ्रैंक डेविड के हाथ में लगे हुए गैजेट के कुछ बटन्स को दबाता है जिससे यहाँ पर वो पोर्टल खुल जाता है जिससे धरती पर जाया जा सकता है ये दोनों के दोनों लड़ते लड़ते पोर्टल से बाहर आ जाते हैं यानी की ये दोनों के दोनों अब अर्थ पर है ये एक सुनसान जगह होती है वही टमोरो में दिखाया जाता है जहाँ पर अथीना किसी को एक बॉम्ब देती है ये बहुत ही खतरनाक बॉम्ब होता है दरअसल ये दोनों इस बॉम्ब से इस मशीन को उड़ाना चाहते हैं क्योंकि इसे बंद नहीं किया जा सकता ये बॉम्ब को ऑन कर देते हैं, पर तब तक, तक रोबोट उस प्लेटफॉर्म को नीचे गिरा देता है जिसके ऊपर खड़ी होती है जहाँ से वो मशीन को ब्लास्ट कर सकती है अब यहाँ बॉम्ब ऑन हो चुका है और कुछ ही सेकंड्स में वो ब्लास्ट होने वाला है इसीलिए दरवाजा खोलती है और बॉम्ब को भार फेंक देती है जहाँ पर फ्रेंक और डेविड लड़ रहे होते हैं बॉम्ब दिखने के बाद दोनों के दोनों पोर्टल के अंदर यानी की टुमोरो लैंड के लिए भागते हैं और तभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है हालांकि दोनों तो अंदर आ जाते हैं लेकिन डेविड एक बहुत बड़ी मेटल की शीट के लेकिन का होना हो जाता है यानी की वो मर रहे हैं वही केसी को दिखाया जाता है जो डेविड के पास जाती है और उससे उसकी गंद छीन लेती है यहाँ पर फ्रेंक दूसरी जगह ले जाता है केसी उसे बताती है की जब तुम छोटे थे और मैं तुम्हें तुम्हारो लाई थी तो हम दोनों के बीच में दोस्ती हुई और मैं तुम्हारे लिए बहुत अलग फील करती थी जो मेरे प्रोग्राम ने पहले कभी नहीं किया था मैं तुम्हें कभी नहीं बता पाई कि मैं एक रोबोट हूँ जिसे तुम पर विश्वास था और जब तुम्हे सच्चाई पता चली तो तुम मुझसे नाराज हो गए दरअसल फ्रेंक भी केसी से बहुत प्यार करता था किसी जब उसे पता चला की वो इंसान नहीं बल्कि रोबोट है तो उसका दिल टूट गया था अब किसी अपने है। और वो फ्रैंक से कहती है की मुझे ऊपर मशीन तक ले जाओ और फ्रैंक चेक पैग पहन जो उसने बचपन में बनाया था उसे ऊपर ले जाता है और इसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे पूरी की पूरी मशीन पूरी तरह से डिस्ट्रॉयजीनियर है, है, है, है। इसीलिए उसके, उसके पिता और उसके भाई को टुमोरो में रहने की इजाजत मिल जाती है फ्रेंक और केसी अब टूमोलैंड के हेड है और जिस तरह से उन्हें पिन मिले थे अब वो अर्थ पर उन लोगों को जो मशीन टूटने के बाद को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन सब को पिन भेजते ताकि वो टुमारो लैंड आकर अपने आविष्कार को और भी अच्छे से करें और अर्थ को बचाया जा सके साठ दिन पूरे हो जाते हैं और अर्थ को कुछ भी नहीं होता यानी कि किसी की जो सोच थी वो बिल्कुल सही थी तो ये थी पूरी कहानी फिल्म टूमारो लैंड की ये फिल्म साल दो में रिलीज हुई थी आई एम इसकी रेटिंग है छमलव चार इस फिल्म का बजट था एक 180 से एक 190 मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस आरोप इसने कमाई की दो सौ मिलियन डॉलर की उम्मीद करते हैं कि कहानी आपको